नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस चौबितासीज पे हमारे तमाम दर्शकों ने एक प्रश्न पूछा कि पंडित जी हमारे शरीर के कई अंगों पर विभिन्न विभिन्न जगह तिल है इसका क्या लक्षण है इस पर एक वीडियो आप लोग तैयार आप तैयार कर दीजिए तो दर्शकों इस वीडियो को हम दो भाग में तैयार कर रहे हैं ये पार्ट फर्स्ट है हमारा भाग एक है इसके बाद दूसरा भाग रहेगा और शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले जो तिल हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दर्शकों यदि अभी तक आप नए हैं और हमारे इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बनाने बना बेलाइकन जरूर दबाइए और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमको फॉलो करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए तो चलिए पहले आते हैं कि यदि यदि आपके आपके तो तो ललाट ललाट ललाट पर पर तिल तिल तिल है है है है और भी मध्य मध्य भाग भाग में में तो तो क्या देखिए जिनके के निर्मल प्रेम की निशानी होती है ऐसे जो जातक होते हैं ये प्यार के मामलों में बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं वहीं यदि आपके ललाट के दाहिने तरफ तिल है तो आप किसी विषय में पारंगत होंगे निपुण होंगे किसी विषय के कि आप लोग ज्ञाता होंगे लेकिन यदि लेफ्ट साइड में तिल है तो जान जाइए कि आप लोग फिजूल खर्ची के शिकार होंगे ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाई ओर का तिल जो रहता है ये धन के लिए वृद्धि कारक रहता है और बाई तरफ का जो तिल होता है ये फिजूल खर्ची और निराशा जीवन का सूचक होता है दूसरा बताना चाहेंगे दर्शकों यदि आपके भावों पर तिल है जी हाँ भाव पर यदि दोनों भावों पर तिल है तो जातक अक्सर यात्राएं करता है अचानक से यात्रा करता है वही दाहिनी भाव पर यदि आपका तिल रहेगा तो सुखमय लेकिन यदि बाई जो है आपके भाव पर तिल है तो दांपत्य जीवन में जो है दुख रहेगा विवाद आपके ज्यादा बढ़ेंगे चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आपकी आंख की पुतली पर यदि तिल है तो दाई पुतली पर यदि तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं उच्च कोटि का वो फिलोसफर होता है वही बाई पुतली पर तिल वालों के विचार कुंठित होते हैं दूसरों को देख के बहुत ज्यादा जलते हैं जो एलसी की भावना ज्यादा रहती है और पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं भावुक होते हैं फिर चाहे वो दाई हो चाहे बाई हो अब अगर आपके पलकों पर तिल हो तो आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक तक संवेदनशील होता है और दाई पलक पर तिल वाले जो व्यक्ति होते हैं बाई वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं किसी भी खतरे को ये लोग तुरंत भाप लेते हैं और ये ये जो है मतलब किसी को देखते ही उनके अंदर की चीज़ें बाहर जो है निकाल देते हैं मतलब अगले व्यक्ति को पहचान जाते हैं वहीं अगर अब आँख आपके आँखों पर तिल है दाई आँख पर जो तिल होता है तो स्त्री से मेल होने का एवं बाई आँख पर जो तिल होता है स्त्री से अनवन होने का आभास कराता है वहीं यदि अब आपके कानों पर तिल है जी कानों पर यदि आपके तिल है तो कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है बहुत ज़्यादा बड़ा जो है इनका जीवन यापन नहीं होता है बहुत ही कम एज में ये लोग जो है दुनिया छोड़ जाते हैं वहीं यदि आपके नाक पर तिल है तो नाक पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है वहीं यदि अगर आपके कान पर बाल हैं तो बहुत लंबी आयु रहेगी आप लोग डरिएगा नहीं अब आते हैं होठों पर यदि आपके तिल है तो यदि आपके होठों पर तिल है तो ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रेमी हृदय वाले होते हैं यदि तिल होठ के नीचे हो, तो कई मामलों में देखा जाता है कि जातक आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनके ऊपर गरीबी छाई रहती है मुंह पर यदि आपके तिल है मुखमंडल पर तिल है तो मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी सम्पन्न एवं सज्जन होने के सूचक रहते हैं मुँह पर तिल जो रहता है व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं जीवन साथी होते हैं ये काफी सज्जन होते हैं तो मिश्रित है, शुभ फल देने वाला होता है बाय गाल की तरफ हो तो कृष्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किन्तु दाए गाल पर यदि तिल है तो ये व्यक्ति को धनी बनाता है अमीरी की ओर ले जाता है वही यदि आपके जबड़े पर तिल है तो जबड़े पर यदि तिल है तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता ये निरंतर बनी रहती है कब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जा को रहती है यदि आपके ठुड्डी पर तिल है तो जिस ये, जो है जिस महिला के ठुड्ढी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है जी हाँ ऐसे लोग दूसरों से घुलते मिलते नहीं वहीं यद यदि ये, ये, ये, ये पुरुष के जो है ठुड्ढी पर है तो वो व्यक्ति मिलनसार होते हैं कंधों पर तिल की बात कर लेते हैं तो दाएँ कंधे पर यदि आपके तिल हैं तो दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर यदि आपके तिल हैं तो आप लोग तुनक मिजाजी रहते हैं बाध बार पे उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं वहीं यदि आपके दाहिने भुजा पर तिल है तो ऐसे जो जातक रहते हैं वो ज़्यादा प्रतिष्ठित रहते हैं बुद्धिमान रहते हैं लोग उनका आदर मान सम्मान सत्कार करते हैं चलिए अब चलते हैं लेफ्ट आर्म्स पर बाई भुजा पर यदि आपके तिल है तो यदि बाई भुजा पर तिल है तो वो व्यक्ति जो रहता है झगड़ालू होता है बात बात पे झगड़ा जाएगा दूसरों के लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी कूदेगा उसका जो है मतलब दोस्तों के बीच में भी निरादर होता है बुद्धि जो रहती है कुछ मामलों में जो है क्या कहते हैं मति मारती है या जो है पुस्तित होती है अब आते हैं कोहनी पर तिल यदि कोहनी पर तिल है तो क्या होगा तो कोहनी पर तिल पाया जाना जो रहता है ये जातक विद्वान होने का सूचक बताता है जातक जो है विषयों का ज्ञाता रहता है परिश्रम करने से पीछे नहीं भागता है वहीं यदि हाथों पर तिल है तो देखिए जिसके हथेली पर तिल होते हैं वो चालाक होते हैं यदि गुरु क्षेत्र जुपीटर माउंट पर तिल हो तो शन मार्गी होते हैं दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाई हथेली के प्रष्ट भाग में हो तो धनवान रहता है बाई हथेली पर यदि तिल हो तो जातक बहुत ज्यादा खर्चीला रहता है तथा बाई हथेली के पृष्ठ भाग पर यदि तिल है तो कंजूस रहता है यहाँ तक तो दर्शकों अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको जो है हथेलियों पर और आपके कैसे निशान हो अंगूठे पे क्या निशान हो इन सभी के लिए आप हमारा भाग दो जरूर देखिए और उसमें हम आपको बताएंगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने जो है छोटा वीडियो बनाया कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए और ज्योतिष से संबंधित सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाज़त